जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी छवि सारे जग में बहुमूल्य है राम राज प्रस्थापित करके किया